जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ लेकिन जो मेरी वाइफ बोलती है वो मैं डेफिनेटली करता हूँ दोस्तों वो था प्लाट दिख तो गो इन्हें जगह पिलर लाग रहे हैं और सामने जकी रोड है और ऐ साइड में आ रोड है खम्मा दिख रहे हैं आगे बीच की जकी जगह है आज जगह बेरो गोरियो खोल लो कर लो ब्याह शादी जन्मदिन भंडारा ओसर के लिए हमसे संपर्क करें जीवन में हम कमी नहीं आने देंगे आज तो आज कमला कमला, तो तो उदास उदास बैठे। बैठे। बात चाल अरे दो दिन हो गया मेरे साथ रूस रही है, बोले है। के बात कह अरे मैं तो तुकी कौन कहो दो दिन पहली बार बोली बोली छो मैं थर खतर जान को अच्छा मैं दे बोली जान तो देनी रहने दे, दे। और किसी की नहीं हो सकती हम दोनों के बीच अगर कोई आया तो निगर राखी कोई चक लेकेटे बाजी काल तो रे। तो अच्छा। अच्छा। हाँ हाँ। एक तो घरे पी सला गया शरीर को नुकसान हाँ। एक गाँव में घर की इजत नक है फिर भाई मैं सोचो आज नहीं है कही हाँ। मैं भी नहीं गयो। मैं आज बाद में में नहीं, हाँ। आज बाद दारू को नाम ले नहीं, लिया हाँ। तो मैं तेरा गोली मार दी गोरियो रोटी रोटी रहे हो थे रोटी बना फूलचंद, फूलचंद इन दो बार्गा। बार्गा। तो दोस्तों महाराज का के प्रति स्वभाव कैसा था? ऑप्शन ए, ऑप्शन डी धकोधर बरगक हाँ फटाफट कमेंट में जवाब आ